कौन बनेगा करोड़पति तो में आपका सर मैं ऑडियंस बोल लूंगा मैं कब कहूंगा मेरा नंबर कब आगा क्यों कैसा जोड़ीदार लेकर आया तू मुझे बुला के शांत हो जाइए टिकटिकी जी नाजिम जी की पहली क्वेश्चन में गांठ फट गई है देखते हैं नाजिम जी आपको कितने प्रतिशत बोर्ड किस बोर्डा ए, ए, ए, ए। सर मैं शुरू करते हैं खेलिएगा चारों तरफ ध्यान रखना और अब पूरा ओवर मैं डालूंगा पचास के पचास अरे सर मैंने फिफ्टी फिफ्टी लाइफ लाइन के लिए बोला आपने कहा था फिफ्टी फिफ्टी खेलूंगा तो रन हुए ये रही पहले ओवर की पहली गेंद आपकी पिच पर की ड्राई बॉल बे के वाला मारू नाजिम जी आपको देखकर मुझे एक शेर याद आया है मैं सुनाना चाहूंगा इशाद, इशाद। आएंगे तेरी ही गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए वावा, वावा। वावा। आएंगे तेरी ही गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए मारेंगे तेरी गांड चाहे जेल क्यों ना हो जाए। अरे भाई भाई भाई भाई तो अभी आपको एक क्लिप सुनाई जाएगी आपको पहचानना है कि वो किस महान अभिनेत्री की आवाज है तो कंप्यूटर जी वॉइस क्लिप शुरू की जाए अरे अरे कंप्यूटर ये सुन रहे हो तुम बंद कर दे। करे अमिताभ जी यही डाल तो मेरी पेन ड्राइव में पंद्रह की दो पड़ेंगे मियाँ सात